हेलो एवरीवन आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आज की हमारी ये रेसिपी उड़द दाल की शेमी ठीक है या नमक पारे रहे उड़द दाल के नमक पारे तो देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यमी है देखिए अंदर तक बिल्कुल सिकी हुई बहुत टेस्टी देख सकते हैं ये देखिए एकदम से मैस कर रहे हैं मैस हो जा रहा है इतना खस्ता है क्रिस्पी और गाइज इसकी खासियत ये है कि बच्चे तो यूं ही खाते रहेंगे खाली जो मैदे की सेमी बनाते हैं हम लोग तो वो ज़्यादा हमारे नुकसान कर जाती हैं हमारे पेट के लिए सही नहीं होती हैं और इसमें दाल है इस वजह से ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है तो आप लोग पूरी देखें और गाइज इनकी सेल्फ लाइफ एक महीने से ज़्यादा है आप एक महीने तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इस समय दीपावली का फेस्टिवल आ रहा है जिसमें लगभग बैक टू बैक फाइव त्योहार आते हैं जिनमें टाइम बहुत होता है रोज रोज नाश्ता नहीं बना बना के मिलता तो ये आप एक बार बना के रख लें और पूरी फैमिली एंजॉय करेगी इनको तो चलिए देखते हैं कि हमने कैसे बनाया है चलिए आज एक नई रेसिपी देख लेते हैं उसी दाल से जिसका हमने पाउडर बना के रखा था आज हम बनाएंगे उसी दाल से ये नमक पारे चलिए देखते हैं कैसे बनाना है ये देखेगा हमने वही दाल ले ली है हाफ कटोरी दाल तो इसको भी हम भिगो के रखेंगे लेकिन गर्म पानी से ठीक है वार्म वाटर ये देखिए इस तरह से हम इसमें लेंगे और इसको भिगो देंगे ठीक है तो क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से हमारी फूल जाए ठीक है इस तरह से ये देखिए ये देख रहे हैं अभी आपको पतला लग रहा होगा लेकिन ये कुछ पतला नहीं है ये सारा बहुत अच्छे से हो जाएगा तो इसको हम भिगो के रख देते हैं पंद्रह मिनट के लिए पंद्रह मिनट के बाद में हम फिर मिलेंगे आके ये देखिए देखेगा पंद्रह मिनट हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि कितना सख्त हो गया ये हमारा ठीक है तो अब हम इसमें लेंगे ये एक कटोरी मैदा ठीक है और अब इसमें हम डालेंगे मोयन क्योंकि करने के लिए मोयन बहुत जरूरी है तो हम एक स्पून डालेंगे इसमें मोयन पूरा एक स्पून डाल देंगे बड़ा सा है अगर आप नॉर्मल स्पून से मिलाएं तो चार से पाँच स्पून ठीक है इस तरह से और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे देखिए हमारा सर्विंग स्पून है तो इसी से हमने डाला हुआ डेढ़ स्पून और आप खाने वाली अगर स्पून मिलाएं तो उसमें हो जाएगा 6 से 7 स्पून ठीक है और इस तरह से हम सब आपस में बिल्कुल इसको मिला लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे देखिए क्या डालते हैं और भी सामान डालना है इसमें थोड़ा सा वैसे तो दाल हमारी अपने आप सब कुछ है बट फिर भी इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ये देख सकते अं जो हाफ टेबल स्पून है उसको मैश करके डालेंगे थोड़ा सा चटपटा करने के लिए मिर्च मिर्च अपने हिसाब से आप ले लें ठीक है और बाद बाकी अब कुछ नहीं हम ऐड करेंगे इसमें ठीक है इन सबको अब हम आपस में मिला लेंगे और फिर इसी गुनगुने पानी से हम टाइट डो लगा लेंगे आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें मोहन पड़ा है तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं होगा तो देख सकते हैं अभी हमने एक स्पून डाला है गाइस नमक नहीं डाला हुआ है अभी हमने ये देखेगा इस स्वाद के अनुसार नमक क्योंकि दाल में हमारा नमक था इस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ डो के हिसाब से नमक डाला है मैदे के हिसाब से ठीक है तो इसको अब हम अच्छे से स्मूथ घूत लेंगे ठीक है पानी डालते हुए देखिए एक स्पून अभी हमने डाला था पानी ठीक है तो थोड़ा सा और हम पानी ऐड करेंगे ये देख सकते हैं गाय हाफ स्पून ठीक है हाफ स्पून डालकर इसमें और अच्छे से रो लगाएंगे देखते गाय डो लगकर तो रेडी है तो इसको अब हम पांच मिनट के लिए ऐसे ढक कर रख देंगे फिर इसके हम बनाएंगे तो मिलते हैं पांच मिनट के बाद ये देखिए गाय इस तरह से हम बढ़ा लेंगे इसको थीके? गोल बेल लेंगे और देखिए इसमें मोइन होता है तो इसलिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है अच्छे से बेलेंगे जितना पतला चाहिए आपको उतना ही पतला आप कर लेंगे ठीक है ये देखिए इस तरह से ये देख सकते हैं हो गया है ठीक है एक सा हो गया है अब आप देख सकते हैं इसकी ये देखिए कितना ठीक है इतना ही पतला तो इसको अब हम जैसे काटते हैं ये देखेगा ऐसे नाइफ ले लेंगे अपने हिसाब से जितनी मोटी या जितनी पतली आपको सेमी काटनी है आप आराम से काट लीजिए इस तरह से अब ये देखेगा इस तरह से हम कट करेंगे इसको इस तरह से ठीक है तो ये हमारी सेमिया सेमी बनकर तैयार है ये और चलिए अब देखते हैं कि क्या करना है ये देखिए हमने ऑयल पहले ही रख दिया था तो इसमें हम डाल के देख लेंगे ये देखिए हमारी हो गई है देखिए डालते ही ऊपर नहीं आया बबल्स आए हैं खाली तो ये अपनी सेमिया धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे इसी तरह से ताकि अच्छे से पक जाए ये देखेगा इस समय पर फ्लेम बिल्कुल धीमी है ठीक है और इनको बहुत आसानी से ज्यादा नहीं इनको छेड़ना है वरना ना अच्छे से तो इनको धीमी फ्लेम पर से सिकने देना है कम से कम दो मिनट तक इन्हें टच नहीं करना है ऐसे ही सिकने देना है ठीक है ये देखिये गाइड कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्लेम भी दिखा दें देखिये बहुत धीमी फ्लेम है बिल्कुल बिल्कुल धीमी फ्लेम है तो इसी धीमी फ्लेम पर हम इसे सेकेंगे दो मिनट तक ये देखिये एक मिनट हो चुके दो मिनट हो चुके हैं तो इनको आप हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऐसे पर्च लगा के इसको हम हिला देंगे और फिर हम पका लेंगे ये देखिए गाइज हमारी हो चुकी है, है इनका कलर भी आप देख सकते हैं ठीक है तो सारी साड़ियों को तो हम निकाल लेंगे ये देख सकते हैं गाइज इनका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया हुआ है और ये देख सकते हैं गाइज ये मैदे से जो बनती है शेविया उनसे तो बहुत, बहुत बहुत बहुत अच्छी है और बहुत टेस्टी है उनका सुन सकते हैं आप देख सकते हैं और इसी तरह से अब हम दूसरा बैच भी सेंक लेंगे तार ये देखिएगा देखेगा दूसरा बैच भी डाल दिया है तो इसको भी अब सीख जाता है उसी तरह से सेकेंगे फ्लेम पर और ये भी सीख जाता है फिर मिलते हैं आके आपसे तो गायज आज की रेसिपी हमारी है सेमी ठीक है देखिए आप जो खाली मैदे की सेमी बनाते हैं उससे ये काफी हेल्दी है क्योंकि इसमें दाल भी है इस वजह से तो आप ये देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी है और अंदर तक बिल्कुल सीखी हुई है देख सकते गाय अंदर तक लेकिन कितनी क्रिस्पी है और ये देख सकते हैं आराम से टूट रही है ये देखिए कितनी जल्दी मैस हो रही है ये देख सकते हैं आप तो इतनी टेस्टी रेसिपी बनाई है हमने आप लोगों के लिए तो देखिये होली दीपावली ऐसा है फेस्टिवल होता है जिसमें लगातार बैक टू बैक कम से कम पांच फेस्टिवल होते हैं उस टाइम पर बार बार बनाना नाश्ता वगैरह थोड़ा दिक्कत वाला होता है इस वजह से ये नाश्ते आप बना के रख लें और ये सब नाश्ते जितने हम बता रहे हैं ये आप एक महीने तक आ, आराम से बना के रखें और इन्जॉय कर लें बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाले बस एयर टाइट जार में भर लें जिससे कि सीलन ना आए बाद बाकी आप एक महीने तक इंजॉय करें बहुत टेस्टी बहुत ही तो आज की मैं ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ